ऐसे ही मज़ेदार गाना सुनने के लिए एसएम बॉलीवुड म्यूज़िक को सब्सक्राइब करें लड़की नहीं है वो जादू है यार का क्या अरे लड़की नहीं है वो जादू है यार का क्या जाए रात को मेरे ख्वाब में आई वो जुल्फ बिखराए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 सावन का पहला बादल उसका काजल बन जाए मौज उठे सागर में जैसे ऐसे कदम उठाए ओ सावन का पहला बादल उसका काजल बन जाए मौज उठे सागर में जैसे ऐसे कदम उठाए रब ने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 आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए।